नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल फौजाद जिले के पार्ता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के की की तीन स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए तीन स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्कूल को एहतियातन बंद कर दिया गया खास बात यह भी है कि स्कूल में पाए गए कोरोना के तीन पॉजिटिव केसों में ग्यारहवीं कक्षा का एक छात्र कोरोना वैक्सीन भी ले चुका है बता दें कि इस गाँव में दूसरी लहर के दौरान चालीस कोरोना केस सामने आए थे और अब संभावित तीसरी लहर के चलते हो रही कोरोना की सैंपलिंग में स्कूल के तीन स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है गांव पार्ता की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के, के वाइस प्रिंसिपल रमेश कुमार ने बताया कि संक्रमित पाए गए स्टूडेंट्स में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार स्कूल में कोरोना जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग की गई थी और इस सैंपलिंग में रिपोर्ट में स्कूल के तीन विद्यार्थी जिनमें आठवीं कक्षा की दो छात्राएं भी शामिल हैं और ग्यारहवीं की कक्षा की एक छात्र भी शामिल है कोरोना में संक्रमित पाए गए स्कूल में तीन स्टूडेंट्स के कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर स्कूल को तीन दिन के लिए एहतियातन बंद कर दिया गया है जबकि स्कूल स्टाफ को नियमित रूप से स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल स्टाफ में के भी सैंपल लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी है छात्रों के परिवार व उनसे संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग कर रहा है पलपल राजेश खास रिपोर्ट। रमेश ये बताएंगे आपके स्कूल में तीन बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हाँ जी और एक की उम्र अठारह है लेकिन यह मामला कैसे वैसे उन बच्चों में किसी में कोई लक्षण तो नहीं थे ये सरकार के आदेशानुसार कर्मानुसार अपने स्कूल की बारी आई थी उसमें डॉक्टर की एक टीम आई थी उन्होंने सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट किया जिनमें से तीन बच्चे पॉजिटिव पाए गए उनमें से एक बच्चा अट्ठारह साल से ऊपर है और दो बच्चे छोटे हैं जो 18 साल से ऊपर है वो ग्यारहवीं क्लास का स्टूडेंट है और दो बच्चे आठवीं के स्टूडेंट मैं क्या छुट्टी कर दी गई है क्या है हाँ जी अधिकारियों के आदेश अनुसार जब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो स्कूल में तीन दिन की छात्रों की छुट्टी की गई है और स्टाफ नियमित रूप से यहाँ आएगा तो क्या स्टाफ की जाँच भी हुई बच्चों की जाँच भी हुई है? बच्चे छुट्टी होने बाद अगले दिन स्टाफ की भी जाँच की गई है और उनके सैंपल अभी अम्बाड़ा भेजे गए अभी तक रिपोर्ट नहीं आई